jab padta ke udha ke sab log ha PUBG pe nahi malume hain ab free fire ka gana banayenge na ope hey hey hey ye malume na sun PUBG humein pe ab free fire ke lunga raaton ko nahi chhena free fire ke lunga score pe jaake number 1 pe le lunga akela jaake puri score ko phelunga kala hari pe स्लाइपर हाथ लेके सबको उड़ाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर में फ्री फायर चल चिकन डिनर नहीं पूजा करवाऊंगा लो के लोगी हो, हो जाने पे बासू में आ जाके तुझको पकड़ के रहा ओ भैया जी बब जी तो आए नही है हर जगह फ्री फायर होनी चाहिए ज्यादा खेलेगा तो बचिया चलेगा तो इसमें कोई तो राय नहीं है पबजी हो गई पे मैं फ्री फायर खेलूंगा रातों को तो नीचे फ्री फायर खेलूंगा क्लस्टॉन में जाके नंबर वन में ले लूंगा अकेला जाके कोई स्कॉटे को पहलूंगा कला पे नहीं बरमूडा जाऊँगा स्नाइपर हाथ लेके सबको ओढ़ाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर में फ्री फायर चलाऊँगा करना पूजा करवाऊँगा खेलूंगा रातों को नहीं चंग अपनी पाए खेलूंगा क्लेशन पे जाके नंबर वन में ले लूंगा अकेला जाके पुलिसकॉन को पेल लूंगा पे नहीं बरबू जाऊंगा स्नाइपर खेती तो बनाए